अरे मोहब्बत तो फिर किस्मत में आई है अरे बाहर मेरी किस्मत यहाँ सिर्फ़ जुदाई है बाहर करम ये फल लिए आए हैं बाहर फल ये जहर बुझे आए हैं बहरे मोहब्बत तो फिर किस्मत में आई है